हेलो एवरीबॉडी कैसे हैं आप तब आई ही होंगे मैं कैसंत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं परथला सिग्नेचर ब्रिज के बनके कितना कंप्लीट हो चुका है कितना बाकी बचा है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाने की और बताने की मैं कोशिश करूंगा दोस्तों और देख सकते हो पीछे दोनों साइड के अभी डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है इस टाइम पर और जो सिग्नेचर ब्रिज है परथला वाला वो तो बन के कम्प्लीट नहीं हो चुका है तो चलते हैं उसके पास में और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल कर क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से तो देखो अभी दोनों साइड के ये डिवाइडर बनाए जा रहे हैं और आगे जो बिल्डिंग चमक रही हैं वो आपको बता दूं गौर चौक है यहाँ से करीब डेढ़ दो किलोमीटर होगा और वहाँ तक फिर देखो ये एक साइड के डिवाइडर बना दिया दूसरे साइड में ये देखो सेटरिंग लगी हुई है और यहाँ पर टीम जो वर्क कर रही है वो काम कर रही है दोस्तों देखो इस तरीके से ये डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है बाकी तो ऊपर का काम हो चुका है देखो ये अभी इस पर सेटिंग लगाई जा रही है तो ये बनके जल्दी जल्द ही कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों ये देख सकते हो ये जो डिवाइडर बनाने का काम है दोनों साइड का ये डिवाइडर बनाया जा रहा है थरियाओं का जाल इन्होंने बिछा दिया है और इस पर सेटिंग भी लगाते जा रहे हैं अब इसमें कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा ये देख सकते हो और आगे आपको वहीं तक लेके चल रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे चल के कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट होने के लिए बचा हुआ है कि दोनों साइड का ये ब्लैक टॉप तक तो कर दिया है दोस्तों ये देख सकते हो दोनों साइड का उधर का भी हो चुका है इधर का भी हो गया बस ये डिवाइडर बनाने का ही काम चल रहा है और फिर आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो डेली का जो ट्रैफिक है दोस्तों वो करीब एक लाख से डेढ़ लाख गाड़ियाँ पी कावर में निकलती हैं दोस्तों सुबह सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो भीड़ भाड़ होती है जो जाम लगता है वो दोस्तों सुबह का ही होता है तो इसी वजह से नोएडा गवर्नमेंट ने नोएडा अथॉरिटी ने इसे बनाने का सोचा दोस्तों और बहुत तेज़ी के साथ में इसमें वर्क चल रहा है तो इसके जो सेफ्टी केबल हैं वो तो लगा दिए जा चुके हैं मतलब कम्प्लीट नहीं हो चुका है तो आप वहीं ले चलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे चल के तो, तो दो अभी तो डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है दोस्तों और आप लोग बताना काफी टाइम के बाद में मैं ये अपडेट ला पाया हूँ आप आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो अभी यही बस से डिवाइडर ही बनाए जा रहे हैं और बाकी उधर का तो काम कंप्लीट सही हो चुका है तो देख सकते हो यहाँ पर रोड लोलर भी खड़े हुए हैं और जो डाबर गिरने वाली मशीन है वो भी खड़े हुए हैं दोस्तों देख सकते हो ये सारे में बस अभी यही बस चल रहा है तो इन्होंने ये एक साइड का डिवाइडर बना दिया दूसरा साइड का बनाया जाएगा तो देख सकते ये सेटरिंग का सामान ये पड़ा हुआ है और जो इसे कंप्लीट होने में अभी इसे कम से कम इसमें एक से डेढ़ महीने का वक्त लग जाएगा दोस्तों तो चलते हैं बनाते हुए वहीं पे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के कितना कम्प्लीट हो चुका है और कब तक ये कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है अभी सैटरिंग बनाने का तो देखो चलते हुए चल रहे हैं और आपको वहीं चल के दिखाते हैं चल के ठीक है तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा बन के बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये देख सकते हो ये सेटिंग लगाई जा रही है ये देख सकते हो ये देखो लो, ये रोड लोलर खड़ा हुआ है दोनों और इधर का ये भी सारा ठीक ठीक है अच्छा अच्छा ये सिग्नेचर ब्रिज बनकर कम्प्लीट हो चुका है जबकि इन्होंने ये डिवाइडर लगा रखे हैं दोनों साइडों में ताकि यहां से ऊपर कोई जाना थके। वैसा तो बनकर कम्प्लीट ही हो गया है तस्वीरें देख सकते हो कुछ ये थीन है यहाँ का पत्थरा सिग्नेचर ब्रिज का दोस्तों क्योंकि सारे में ये बिल्कुल कम्प्लीट हो गया उधर का बचा हुआ है वो भी टॉप का काम बचा हुआ है तो अगले महीने में ये बन के हो जाएगा ये आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों क्योंकि जो ऊपर की सेटिंग थी ना ऊपर का जो देख रहे हो वो ऊपर का वो लगाया जा रहा है अभी तो वो बन के हो जाएगा और फिर ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों और इसमें देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी लगा दी है ये देख सकते हो दोनों साइडों में दोनों साइडों में स्ट्रीट लाइट लग जाने के बाद में ये बीच का डिवाइडर है जिसमें भी मिट्टी डाली जा रही है ये देखो ये पाइपलाइन पड़ी हुई है ये बिल्कुल बनकर अब कम्प्लीट हो चुका है तो आप लोग बताना ये अपडेट कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाई क्योंकि ये वहाँ तक जान ही नहीं दे रहे ये देख सकते हो तस्वीर तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाई départ